तो कैसे हैं आप लोग क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहती है मेरे से बड़े तो तेरे हैं? तो तुम्हें जरूरत है एक फिटनेस गुरु की नहीं बनती बॉडी बिना लिए फिल्म मैदान में उतर रहे है तरुण गिल ओह। ओह। ओह। ओह। ओह। Yeah. इतने में में तो सेक्स भी नहीं करता होगा जितने उट कर रहा है सोचो तुम जिम में बोलो भैया वो रॉड देना और भैया सही में रॉड या रोड wow. yeah. Yeah. Yeah. इतने मजे से ले रहा देने वाला भी डर जाएगा अब रोडी दी है छड़ी थोड़ी ऐसा क्या जादू कर दिया रोटी रोडी बन जाएगी रोटी में होता है वीट। वीट अपनी मैगी।, मैगी कौन सा बाजरे की बनती है? है। उसमें भी तो होता है। अबे बुद्धि पैकेट खा के बॉडी बनाई क्या खाके तो बन तो बनाइए मिल गया जवाब खैर अपने पैर हिलाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के पंप तो देख रहे हो पक चोदी से बिकॉज मैं कभी कभी यूज करता हूँ तभी तो ये अकेला जिम करता है लड़कियाँ छोड़ो लड़के भी नहीं आते क्या भरोसा कब सूर्य नमस्कार हो जाए कभी कभी होता होगा आपके साथ सडनली बैठ जाता है सेक्स से पहले, या से पहले? Really yes, इसके उल्टे चल रहे हैं सेक्स ऐसी से पहले कॉफी और वर्कआउट ऐसी पहले वायगरा अब सर पे डंबल गिर गया था क्या और मास्टरबेशन से उटाउट अरे कौन सी कॉकटेल बना रहा है और प्रोटीन के पीछे भावड़ा थोड़ी होते हैं अब लंबे गजनी दहेज में भी प्रोटीन के डब्बे मांगे थे क्या कसम से इतना एक्सपेरिमेंट तो फूड बिलोर नहीं करते जितना कि अपने शरीर पे कर चुका है तो लो लोग मुझसे सवाल करते हैं सिगरेट पीने से आपके स्टैमिना में फर्क नहीं पड़ता होगा यार। होगा नहीं पड़ रहा है हो तो भाई लोगों बहन के जनो जिंदा लेलर ले लेके बाद जंगली सोरों की तरह सास ले रहा है लेकिन नहीं सुटेरी बनना है इसके फेफड़ों में इतना टार भर रखा है सौ मीटर की रोड बन जाएगी और नवाबी लोडू सुन मुंह में रख के छोड़ रहा है कूल बनना है समझ के जबरदस्ती का पानी तो नहीं पी जाता मेरी मॉर्निंग रूटीन क्या तो सब फिर, फिर, का जाता है सबसे पहले रोगी है है। दिन के सिलेंडर लगते होंगे तीन टाइम सेक्स कर रहा है है, है है है ये। जैसा इसका एटीट्यूड खुद का तो तो नहीं नहीं मारता। जो सबसे सबसे घटिया, डेंजरस ड्रग एम्प और टर्में। टर्में। पहली बात अगर कर आपको करना हो ना कि किसने ले रखा, नहीं ले रखा रखा <laughs> हॉट लाइक अपने डैडी को दिखाओ कि पापा पापा आप ऐसे क्यों नहीं दिखते क्योंकि हमारे बाप को गांड में इंजेक्शन लेने का शौक नहीं है ना तरुण दिल के दो वर्जन है वापी है छाती के निप्पल दिख रहे हैं टी शर्ट से डोले फटरे ये ये ये डोले कहोगे भाई और निप्पल को कहा होगा हाँ भाई डैडी पंप कहा है खत्म हो गया क्या ये इंजेक्शन वगैरह में पैसा बर्बाद करने से बढ़िया पे गेम खेल लो। उसमें एक फॉर्मेट है वर्ल्ड वॉर, तुम्हें हारने पे भी पैसे मिल सकते हैं। बाकी कैश प्राइस जीत सकते हो मजाक में मत लेना दस करोड़ से भी ज्यादा लोग इस पर ऑलरेडी खेल रहे हैं और बाकी तुम्हें पांच सौ पचास रुपए का वेलकम बोनस तो मिल ही रहा है फटाफट विंजो एप डाउनलोड करो कॉन्डम ये आपके पीनस को लुब्रिकेट कर देता है विच मीन्स पेनिट्रेशन बिकम स्मूदर सिमिलरली अगर आप वर्कआउट से पहले जॉनसन बेबी ऑयल यूज करो जिम में किसको पेनिट्रेट करना है तेल लगा के थोड़ी घूमते रहेंगे और सुअर बेटा जब कहते हैं वर्कआउट इथ इस सेफ्टी इसका मतलब ये नहीं है जिम में निरोध लेके आ जाओ मेरे हाथ में इसे भी लगा के वर्कआउट करता है क्या ये मैसेज सभी सभी बॉडी बिल्डर्स के लिए इंक्लूडिंग जब भी आप कंपटीशन खेलते हैं आपका एक पीक वीक आता है जिसमें आप बहुत इरिटेटेड रहते हैं मूड नहीं करता है किसी भी चीज का जस्ट एजिटेटेड फॉर नो रीजन इमेजिन करिए हर महीने आपका ऐसा ही पीक वीक हो जो एक औरत को गुजरना पड़ता है साले से के पागल है क्या कहा की बात कहा ले जाता है पीरियड और बॉडी बिल्डिंग बराबर करती है ऐसा लड़कियों का मसीहा नहीं चाहिए जिसका खुद महीना चल रहा हो ये लड़कियों की ब्रा है अब इसके भी फायदे बताएगा क्या कभी कॉन्डम कभी पैड कभी ब्रा, हर रोज नए नए गैजेट निकल रहे हैं। अबे है मोटी चमड़ी का अपने पिटारे में मुंह में पहने से ये नहीं। चलता फिरता रिटेल स्टोर है क्यूँकी चांदनी चौक ऐसी ज्यादा माल तो इसकी गाड़ में भर रखा है यही है यही है खाऊंगा राइट चौको बेस रात को खाऊंगा छे और खाऊंगा तो ये थोड़ा ज्यादा न हो जाए ये कल के लिए इतना मीठा चेस्ट चूचे बनते हैं वजन भारी उठाता है लेकिन जिंदगी हल्के में ले रखी है मैगी कॉफी बाघरा दारू सुट्टा चौको बेक अबे सीधे जहर खा लेना धीरे धीरे के मरना चाह रहा है और ये जो इसका साइड चेक बन के खड़ा है ये इसका ट्रेनर नी तो है सारी चूतियां बातें अपने आप दोनिरियन केले खाओ मौसमी टैंक खत्म हो गया टैंक खत्म हो गया इसका तरुण गिल की आलिया भट्ट का ब्रह्मास्त्र में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। लेकिन हो हो। आजकल तो चलता है कॉम्पिटिशन है बिग फिट क्लासिक करोड़ कैश प्राइज बीच में एक करोड़ जीतना आ जाओ एटीट्यूड तो ऐसे फेंक रहा है जैसे खुद एक करोड़ दे रहा हो जिन जाने वालों का यही है चाहे जिंदगी में लंड कुछ ना खा लेकिन छाती हमेशा चौड़ी रहती है तरुण गिल वो लौटा है जो सबसे पंगे लेता है पहले खुद ही लड़ाई छेड़ेगा बीट करोड़ जीतना आ जाओ और जिस दिन लड़ाई होने वाली होगी तरुण, हम तो आज आठ लाख रुपए जीतने वाले थे बिग फिट क्लासिक में अच्छे तरीके क्या नींद है चालीस साल का हो रहा है ना भाने मारना आता ना छुट्टा अगला भी सब बात ही पा रहा है और ये सीधे एक करोड़ ऐसी आठ लाख अबे इतना नीचे तो क्रिप्टो की मार्केट नहीं गिरती तो देखा आप लोगों से प्यारीतो इसलिए क्या घपला है कभी एक करोड़ कभी आठ लाख कभी नौ लाख हे भगवान के स्कैमर है नहीं लेकिन पकड़े जरूर जाएंगे अब कल को कॉन्टम बेचेगा तो पहन के दिखाएगा क्या अपने माथे पे निरोध लिखवा तो ले। की हाँ हमें खाना है मैगडी महाराजा बर्गर जिम के बाद व्हाइट सॉस उसके बाद है मैगी दो प्लेट मैगी उसके बाद क्या खाना है आइसक्रीम 200 हंड्रेड आइसक्रीम मॉन्स्टर बनना है तो खाना पड़ेगा उसके बाद सोने से पहले तीन क्या तीन मफिन क्या बॉडी देख रहे हो ये डोले ये चेस्ट ये एग्स ये जॉलाइन सॉरी तरुण तरुण भाई भाई आप बिल्कुल सही थे क्या ट्रांसफॉर्मेशन है है अंबानी के बेटे वाली फीलिंग आ रही है। लव यू भाई। अब अगर तुम्हें भी ऐसी बॉडी चाहिए तो लाइक मारो एम करते हैं पांच मिलियन लाइक्स के लिए और ये हंसी है मजाक है तो तरुण गिल को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है बाकी बिन्स डाउनलोड करो भे पांच की वेलकम बोनस वाली का डब्बा मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे हगने जाना है बायत मेरी व्हील चेयर लेके आप समुदर के जैसे बढ़ती लहर भवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका पतन छू दे तो अमृत पंचायत शहर असलिया से सब है पता, जाल है गहराओ से कुछ न छुपा